साथियों प्रणाम ये बहन है जिनका नाम सुनीता है और कल इन्होंने इस छोटी सी प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया है देख सकते हैं लाइव के माध्यम से ये बेटी हुई है इनके और अब अभी आंखें नहीं खोल पा रही है ठीक से ये छोटे छोटे हाथ और ये अपने बारे में कुछ बताएं बहन हो सके तो बहन को घर भिजवाने में सभी साथी मदद करें पूछते हैं इनसे इनके बारे में इनके बारे में पहले आपको बता दें जून 2021 को इन्हें गर्भवता गर्भवती की स्थिति में अपना घर आश्रम बुडपुर दिल्ली की रेस्क्यू टीम द्वारा एडमिशन के टाइम का फोटो दिखाएंगे इस हाल में इन्हें रेस्क्यू कर लाया गया था और अपना घर बुडपुर दिल्ली की टीम द्वारा सेवा उपचार हेतु अपना घर आश्रम भरतपुर में भर्ती कराया गया देख सकते हैं पूछते हैं क्या नाम है बहन जी आपका सुनीता कहाँ की रहने वाली है कोलकाता कोलकाता जिला कौन सा है पांचकुला पांचकुला पंचकुला पांचकुला पांचकूला गांव कनासी नुँद। कनासी गाँव कनासी है अच्छा पति का क्या नाम है पता नहीं नहीं पता पिताजी पिताजी का क्या नाम है जूल और माताजी का रोफिको भाई है दो भैया है क्या नाम है उनके भाइयों के बताएंगे एक का नाम एक का नाम रूहामिन रोफी रूहामिन और रोफी रोफी क्या काम करते हैं भाई आपके पहले रेस्का चलाते पहले रिक्शा थे थी हाँ। और पिताजी क्या काम करते रेस का है रेस्का चलाते हैं हैं पिताजी पिताजी भी रिक्सा चलाते हाँ। है और कौन कौन है परिवार में माँ नी छुटकी माँ खत्म हो गयी माँ पहले खत्म अच्छा और ससुराल में पता नहीं ससुराल कहा पर है नहीं पता ससुराल का कहाँ पर है को लाई है? को लाई को लाई ये मतलब ये क्या गांव है आपका ससुराल है यहाँ को बहका के लाइए अच्छा आपको बहका के ले आया कोई कलकत्ता से फिर आपका घर जाना नहीं हुआ कैसे जाएंगे और कौन कौन है परिवार में और कोई है कोई नहीं मेरे साथ कोई ना आप अकेली है अभी तो आप अपने माता पिता और भाइयों के नाम बता रही थी तो आपके सब तो हैं जब हम देखी अबे अब मरे गए क्या पता अभी कोई कितने दिन हो गए घर से निकले हुए कौ साल है गए कई साल हो गए देख सकते हैं आप बहन बता रही हैं कलकत्ता की रहने वाली हैं और जैसा कि पूछताछ में इन्होंने बताया पंचकूला कोई जिला है कलकत्ता के अंदर वहाँ पे और गांव का नाम ठीक से नहीं बता पा रही है हमारे जितने भी फेसबुक साथी हैं वो कलकत्ता या उधर साइड के हों जो भी जुड़े हों फेसबुक से वो इस वीडियो को शेयर कर शायद इनके कुछ पता लग जाए और अपने घर जाएं इस प्रकार आप इस सेवा सहयोग कर सकते हैं देख सकते हैं आप बड़े ऑपरेशन यानी सी से इनके ये बेटी हुई है जिन्हें कल ही डिस्चार्ज कर हॉस्पिटल से लाया गया है और अब अपना घर के बाल सदन में सेवा व उपचार माँ व बेटी की परवरिश अपना घर की टीम द्वारा जारी है और कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में जिससे कि आप घर पहुंच सकें अपने कैसे पहुंच जाएंगे को ले हुए आवे तो जाए गए अच्छा, आपके गांव के प्रधान और मुखिया का क्या नाम है जय ये क्या नहीं कुला तो ये तो जिला बता रही हैं आप हाँ। लेकिन गांव का नाम क्या है कनासी कनासी तो कनासी तो गांव का कोई प्रधान मुखिया सरपंच जी है अब का पता नहीं, गए का तो नहीं, उनका नाम क्या है नाम बताएं जाति क्या आपकी जाति क्या है है? सेक सेक हाँ। और गांव के पास में और कौन कौन से गांव हैं पता है आपको मांगडी मांग मांग जिला मांग हाँ। नहीं कनासी गांव है आपका उसके आसपास कोई एक दो गांव और है कोई उसका नाम पता हुआ आपका क्यों बहन जी देख सकते हैं आप काफ़ी प्रयास किया जा रहा है लेकिन बस इतना ही है और कोलकाता वेस्ट बंगाल की रहने वाली बताती हैं कभी कभी और जब आई थी तो कुछ यह स्थिति थी कुपोषित स्थित असहा स्थिति में अपना घर बुडपुर की टीम द्वारा सेवा उपचार हेतु इन्हें गर्भावस्था के दौरान भर्ती कराया गया था और पूरे महीने होने के बाद ये एक सुंदर सी प्यारी सी बेटी हुई है अभी आंखें नहीं खोल पा रही है ठीक से देख सकते हैं आप गुड़िया जगाओ इसको आपकी बात मानेगी देख सकते हैं इस हाल में पता नहीं बता रही हैं कई साल हो गए घर से निकले हुए इतनी भी सुधबुद नहीं है कि पति कौन है और मायका तो बताया जैसा कि कलकत्ता के पास कनासी गांव है कोई उसके पास है लेकिन ससुराल का कोई पता नहीं कहाँ की रहने वाली है अब आप वीडियो को शेयर कर इनके घर तक उधर साइड पहुंचा सकते हैं और इन्हें है इनके घर भेजवा सकते हैं शायद कुछ पता लग जाए सभी साथियों को पुनः प्रणाम